महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए रीवा के मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकार बताए इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिलाओं के विधिक अधिकार और शिक्षा के संबंध में मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों और उनकी शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी वहीं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार नामदेव ने कहा कि नारीवादी लेखिका सिमोल दा बउवार का एक बेहद प्रसिद्ध कथन है स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है परिवार और समाज के द्वारा ही एक बच्चे में स्त्री होने के गुण भरे जाते हैं उन्होंने कहा आज महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक और कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विधिक साक्षरता शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं है यह एक सोच है जिसके माध्यम ऐसी हर उस नारी को जागरूक करना है जो अभी भी बंधनों से बंधी हुई है उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को शर्मनाक बताया इस मौके पर अधिवक्ता सीमा मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी होनी जरूरी है इसके साथ ही महिलाओं को कानून क्या सहूलियत देता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए तो उस प्रशंसा के पीछे आपको बताना पड़ेगा तो की आपकी प्रशंसा तो एक दिन हमने मैंने इनको परसों की बात थी तो कहा मैडम तो तो तो आप पुलिस आई और हम मिल के थोड़ी सांट तैयार कर लेते हैं बाकी ये तो जिस दिन से मिली है पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं चिंता ना करो बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा तो परसों में आना था इन्होंने चार बजे का प्रस्ताव रखा जाएगा मैं बहुत बिजी रहूँगा छः बजे बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई और मैं भूल गया तो इनका एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ पर बारिश इतनी चल के अंदर नहीं आ सकती तो अनफॉर्चुनेटली मैंने व्हाट्सएप नहीं लिखा क्योंकि मैं WhatsApp पे पर ही बैठा फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि सर मैं बाहर ही हूँ और इतना टाइम हो गया आप जैसा कहें तो हम करते तो मैंने ठीक है कल तो अगर आप नहीं आ सकते मिल लेंगे। तो फिर तो सुबह कोई अमेरिका वाला हमारा था तो उन, उनकी सहायता लेके फिर ये अंदर आ गए तो आई बाकी अभी हुआ हुआ हुआ है, इतना है, भी भी भी और कुछ इसमें नहीं है। लेकिन मैं एक के लाया हूं। और ये मंत्र जरूर आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम महिलाओं के कानूनी अधिकार उनकी विकास एवं उन्नति के संबंध में हमने कार्यक्रम आयोजित किया कई बार मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है यह एक सतत विचारधारा है यह एक सदत प्रक्रिया है है, है। जो सदियों से चलती आ रही है बढ़ती आ रही रही बढ़ती इस संबंध में कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती स्त्री बनाई जाती उसका रीजन था कि अगर कोई स्त्री है वो योग्य है वो कार्यक्ष तो उसको एक समाज के सांचे में ढाल दिया जाता है उसको अपने रूप बना दिया जाता है जिससे उसकी खुद की प्रतिभा कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है पुरुष या स्त्री होने से पहले कोई भी व्यक्ति एक इंसान राष्ट्र का नागरिक है कोई भी एक राष्ट्र एक रथ के समान होता है जिसमें एक पहिया पुरुष और एक पहिया स्त्री का होता है समाज में लगभग पचास भागीदारी स्त्रियों की होती है अगर एक पहिया शिक्षित है दूसरा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र का विकास हो इस संबंध में हमारे भारत में हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार राज्य नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह बताया गया है कि स्त्रियों को समानता का अधिकार है उन्हें धर्म, जाति, लिंग उज्जैन स्थान के आधार पर विवेक का प्रतिकार किया गया है ऐसी प्रथाओं के त्याग करने के संबंध में बातें कही गई है कथन किया गया है जो स्त्रियों के सम्भव सम्मान के खिलाफ है जिससे सती प्रथा पर्दा प्रथा मुझे ऐसा लगता है की ये देश दुर्गा का देश मुझे नहीं लगता कि स्त्रियों को यहाँ पर्दा प्रथा या पर्दा नशील होने की आवश्यकता है। हम माता माता सीता और बड़ी-बड़ी को समाज के ग्रासरूट लेवल पर जाए अंतिम व्यक्ति तक हम जाए उसे महिलाओं के सम्मान उनकी गरिमा उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के संबंध में जागरूक करें आप लोग कुछ लोग हैं हमारे यहाँ महिला आती भी है फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक का हर एक पत्नी का यह अधिकार है, रह है तो केवल वह बल्कि उसके सारे बच्चे जो की अडल्ट नहीं हुए हैं तो आप उनके लिए भी मांग कर सकते हैं फिर घरेलू हिस्सा में सिर्फ महिला नहीं आती शादीशुदा बल्कि वो महिलाएं भी आती है जो कि अपने माता-पिता के के साथ साथ साथ रह रह रही रही हैं हैं हैं या किसी भी भी रिलेटिव साथ रह रही अगर उनके में कोई हिंसा होती है तो भी आप उसके उसके अगेंस्ट कर सकते न केवल वह पीड़ता महिला बल्कि जो भी व्यक्ति इस बात से अवगत होता है कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है तो आप लोग आके उसके संबंध में भी आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं